हेलो गाइज वेलकम टू माई चैनल एंड दिस इज़ द वन ऑफ द माई फर्स्ट ब्लॉग इसके पहले में मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें बस मैंने ज़्यादा कुछ नहीं बस दो तीन शब्द कहे थे क्योंकि मेरा वो फर्स्ट वीडियो था मतलब कल ही मैंने अपलोड किया वो वीडियो और आज सेकेंड डे है मेरा YouTube पे। तो मेरे पास ज़्यादा कुछ नहीं बस आज दस रुपये का कॉइन मिला है जिसके ऊपर जो है ना वो इंडिया का नक्शा है जो मैं आपको अभी दिखाऊंगा सो वेलकम जब मैं आपको दिखाऊंगा इंडिया का फ्लैग सो so, ये दिखिएगा इतना और उसम सो so, अब तक आपने कभी पेंड के सिक्के पे इंडिया का फ्लैग देखा भी है या नहीं ये पॉलिट मेरे बताएगा और साथ ही साथ मुझे बताइए था कि ये जो है इसके साइड में ये शायद अमेरिका का जो है वो भी मैप इसमें दिखाया गया है मैं हो सकता हूँ कि गलत भी हो क्योंकि मुझे ज़्यादा कुछ नहीं पता है किस देश का और मैप है लेकिन इतना जरूर पता है कि ये जो है ना राइट साइड में ये इंडिया का मैप सो जय हिंद जय भारत आज के लिए बस इतना ही और प्लीज़ भाई मेरी यह सेकंड वीडियो है यूट्यूब पर तो प्लीज़ मुझे ना फॉलो कर दीजिएगा और सब्सक्राइब सबसे महत्वपूर्ण रखता है मेरे लिए